नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसकी आपको जरूरत थी आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू कर देता हूँ दोस्तों काफी समय पहले की बात है एक बार एक महात्मा गाँव में प्रवचन दे रहे थे महात्मा अपने तीन चार शिष्यों के साथ में बैठे थे धीरे धीरे उनके प्रवचन में कई शिष्य एकत्रित होने लगे आप सभी जानते हो की सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बीच में उपदेश देते वक्त एक ऐसी बात थी निकल के आई जो कि एक सत्य था एक शिष्य को यह बात दिल में चुभ गई उस वक्त वह खड़ा होकर उन महात्मा जी को गंदी गंदी गालियां देने लग गया और वह बुरे बुरे वाक्य बोलने लगा यह सुनकर बाकी के शिष्य काफी परेशान हुए उन्होंने महात्मा जी से आज्ञा लेनी चाहिए की आप बताये की इस मानव के इस दुर्व्यवहार से अगर आपको परेशानी हुई है तो हम इसको मजा चखाते हैं लेकिन महात्मा ने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जो होगा वह आप ही देख लेना दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि दो से तीन घंटे आपको समझते क्या है वह इस तरीके से कैसे कह सकते हैं धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया उसका गुस्सा शांत होता गया तब उसको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और जब सुबह उठा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह उनसे क्षमा याचना करने के लिए गया और जब वहां गया तो वहां महात्मा वहां नहीं थे वो दूसरे गांव में चले गए लेकिन संदेश अच्छा देकर गए इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया आपके पास इतना फालतू समय नहीं की आप लोगों के बारे में सोचे वैसे तो इससे आपका ही नुकसान है महात्मा जी ने कहा कोई चीज अगर आपको पसंद न आए तो आप क्या करते हो आप नहीं लेते हो और उस वक्त महात्मा जी ने अपने बाकी की शिष्यों से यही कहा कि कोई आपको गाली निकाले तो उसका क्या है इससे आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फर्क पड़ता है इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने आपसे इस तरीके का बर्ताव किया ही है इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए आशा करता हूँ की इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अच्छा लगता है और अगर इसमें कोई कमियां है तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए मैं वक्त के साथ साथ अपनी सारी कमियों को दूर करता हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लाऊं तो बस आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है और मुझे फीडबैक देना है आपको आपकी सलाहों को हम खुले दिल से अमल करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया